तुझसे तेरा गाना ललकोंस और लका साथ तेरा बकंस नदन ओ तुझसे तेरा गाना ललकोंस और लका साथ तेरा बकंस आ सस बीएसए और प्यार करेगा भिंगरे कमल ले बॉडी बनाता हूं तेरे लिए मैं रनिंग करता हूं तेरे लिए मैं बाइक पे आता हूं तेरे लिए तुम भी मी चॉकलेट मैं मुठी मौका बाहर ले के साथ रन देना बाकी कौन सा सेट है पसंद है गाना ले कौन सा बाहर ले के साथ रन देना बाकी कौन सा मुझे चाहिए ना मैं तेरे लिए बॉडी बनाता हूं मेरे लिए तुम्हें मजा है मेरे लिए और तू प्यारा है मेरे लिए मुझे भी चॉकलेट पर अकेले साथ में मेरा वर्क कौन सा सचिन को सुनती है कौन है ये कौन सा पर अकेले साथ में मेरा वर्क कौन सा सचिन को सुनती है कौन है ये कौन सा ये दनशी